guys welcome to my new video so guys channel पे नए हो तो please subscribe करके bell नोटिफिकेशन on कर दो हमारा video का notification सबसे पहले तुमको मिलने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और अपना reaction हमें comment में बताओ कि video कैसा लगा तो दोस्तों आज आज आज आज हम एक एक ऐसी मतलब आज 18 है आज आप लोग कस्टम में ले सकते हो उसका तरीका मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही तरह देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे जिससे की एक कस्टम कार्ड 18 जूथ को फ्री में देने वाला है तो रूम नार्स फ्री में ले सकते हो तो उसके लिए मुझे दूसरा डी सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मेन आईडी पे मैंने पहले से ले के रखे है so, देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिंपली आपको गेम के लोबी में आ जाना है जैसे आप गेम के लोबी में आओगे सबसे पहले वो जो बैनर आपको दिखा था वही है कस्टम का राज. अब उसी के जरिए पहले जो मतलब भाई कैसे तो ही आप लोग देखा